तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि हम वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा स्लो चलने का प्रयास करूंगा आज हम वीडियो कैमरा के द्वारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जिसको स्क्रीन कास्टिंग भी हम बोलते हैं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 लगभग सभी का सभी पेड होते हैं उसमें बेसिक बेसिक चीजें जो है वो डाल दी जाती हैं और जब हम उसमें थोड़ा सा अधिक करने का प्रयास करते हैं तो फिर वहां पर आ जाता है कि आप इसकी पेमेंट कीजिए तो ये तीन चार तरीके मैंने आपको बताए हैं जिसमें हम एडिट कर सकते हैं अब थोड़ा सा ओपन शॉट के बारे में आपके साथ में मैं साझा कर लेता हूँ दो में ओपन शॉट जो है वो मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल हो गया था जो की जोनाथन थॉमस जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे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 क्रिएट वीडियोस, बहुत बढ़िया बनाने के काम आता है, फिल्म्स तो एडिटर्स बात कर लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पीसी के लिए सिक्सटी फोर बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए इसमें लाइनेक्स हो या फिर जो विंडोज है सेवन विंडो सेवन विंडो एट एट पॉइंट वन और विंडो टेन में जो है वो ये बहुत अच्छे ढंग से रन करता है मल्टी कोर प्रोसेसर 64 बिट का सपोर्ट करता है यानी आप आज के समय की बात करें या मैं कहूँ तो पिछले दस साल के अंदर जो जो टेक्नोलॉजी के साथ में हमें पीसी अवेलेबल हुए हैं उन सभी पे बढ़िया काम करता है ये सभी 64 बिट को सपोर्ट करते हैं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 अल्टीमेट ट्रैक्स इसके अंदर मिल जाते हैं जब मैं प्रैक्टिकल वर्जन सिखाऊंगा वहां बताऊंगा कि ट्रैक्स हम किसको कहते हैं ऑडियो ट्रैक बैकग्राउंड वीडियोस, वाटर मार्क्स वगैरह टाइटल एडिटर इसके अंदर हम शुरू में आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में शुरू में टाइटल आता है उस वीडियो का वो हम लगा सकते हैं बड़ी आसानी से या फिर हेजुसेट के ऊपर आपने देखा होगा एस का एक शुरू में पेज आता है वो भी हम इसके अंदर आसानी से लगा देते हैं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 उसके नीचे हम चलते हैं जहां एडिटिंग टूल से लिखा हुआ जो है जब प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को करूंगा तो फिर इन सभी के बारे में वहां बताऊंगा फिर जो इसका एक मेन फीचर आया था की इसमें हम ट्रैक्स एड कर सकते हैं ये जो नीचे ट्रैक फाइव ट्रैक फोर ट्रैक थ्री लिखा हुआ है ऐसी हम ट्रैक्स बहुत सारी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 तो आ जाएगा ये ये देखिए बिल्कुल पहले नंबर पे जो आ गया और यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है, आप इस पे चले जाइए सीधा ये डाउनलोड आ गया और यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाउनलोड वर्जन 2.6.1 ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है तो आप यहाँ से डाउनलोड इसको तो कर सकते हैं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 सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे तो नया नाम हम उसको दे सकते हैं सेम फीचर ऊपर वाले वर्ड वाले हैं इम्पोर्ट ये प्लस वाला साइन है इम्पोर्ट करेंगे तो फाइल को हम इम्पोर्ट कर सकते हैं देखिए ये पूछ रहा है है आपकी फाइल रखी हुई कहांपोर्ट का मतलब एड करनी है यहाँ पे हमें फाइल चूज प्रोफाइल आपको करना है तो मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ साथ के साथ ये जो प्रोफाइल है हम यहाँ से चूज कर सकते हैं मैंने बाई डिफॉल्ट इसका साइज मोबाइल थ्री पी रखा हुआ है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 उसके नीचे चलते हैं यहाँ पर जो ये फाइल लिखा हुआ है है ये जो बड़ा सा है। लेफ्ट साथ में तो ऐड करने के यहाँ पर हमारे पास में तीन तरीके हैं या तो यहाँ पर ये जो प्लस का निशाइन निशान दिखाई दे रहा है आप यहाँ से क्लिक करके एड कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके ये जो इम्पोर्ट फाइल का है यहाँ से एड कर सकते हैं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 है। इस प्रकार से भी आप ट्रेक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इमेज एड करना चाहे इमेज एड हो जाएगी यहाँ पे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 ठीक है चलिए अब ट्रैक्स का जिक्र उसमें चला था कुछ ट्रैक्स होती हैं ये यह यहाँ पर ट्रैक्स दिखाई दे रही हैं ट्रैक फाइव ट्रैक फोर ट्रैक थ्री ट्रैक टू आप देख पा रहे होंगे यहां पे तो जब तक हम इस ट्रैक में किसी भी फाइल को एड नहीं करेंगे हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले इस फाइल में एड करने का तरीका मैं आपको तो बताता हूं ये वाली वीडियो फाइल है आप इसको पकड़िए और इसके ऊपर इसको छोड़ दीजिए आप देखिए प्रिव्यू भी अवेलेबल हो गया और ये फाइल भी एड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 अब ये वाले छोटे ऑप्शन जो है ये मैं आपको बताता हूं ये क्या है ये प्लस वाला साइन जो है ये ट्रैक को ऐड करने के लिए है मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया यहां से सीधा आसान वाला तरीका। ये जो में उल्टा सी बना हुआ है ये मैगनेट है चुंबक क्या काम आएगा मैं आपको करके दिखा देता हूं देखिए मान लीजिए दो चीजें मुझे जोड़नी है इसके अंदर अगर ये मैगनेट जो है वो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 जो है वो अनेबल इसका खत्म अब देखिए ट्राइंगल ये एड मारकर मान लीजिए मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और मुझे लगा की यहाँ से और यहाँ तक मुझे इसको एडिट करना है तो बार बार इस चीज को वापिस जाके ना सुनना पड़े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 तो ये छोटे छोटे फंक्शंस में आने आपको बता दिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये यह अवेलेबल हैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा मान लीजिए ट्रैक खत्म हो जाती है तो मैं यहाँ से ऐड ट्रैक इसके ऊपर ऐड करनी है तो ऊपर ऐड हो जाएगी देखिए ऊपर आ गई इसके रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं इसके नीचे ट्रैक ऐड करनी है तो नीचे ऐड हो जाएगी ये देखिए ये छठे नंबर हो गया इसका ट्रैक का और ये पांचवी आ गई रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं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 यहां पर ये आपको फ्लैशबैक एंड फीचर्स दिखाई दे रहा है मान लीजिए मुझे इसी को कट करना है यहाँ तक बस तो कट करते हैं उसके मैंने आपको एक तरीका तो ये रेजर टूल वाला सिखाया था आप इसको रेजर टूल को कीजिए, और यहां पर लाकर एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये दो हिस्से हो गए और वापिस इस रेजर को क्लिक कर दीजिए अगर नहीं करेंगे तो सारों के हिस्से कर देगा ये धीरे धीरे दूसरा तरीका आपको सिखाता हूँ जो अक्सर में यूज करता रहता हूँ बिल्कुल आसान है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 तो इस वाले वीडियो पार्ट के मुझे एडिटिंग करनी है पहले राइट क्लिक है। ये हो जाएगा। हो गए इसके। करता हूं यहां पर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 एस कंपेयर टू काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर उनके कंपेयर में थोड़ा डिफिकल्ट है हाँ, इसीलिए कंप्यूटर में ही करें हाँ ये कंप्यूटर के लिए बेस्ट है।, जी, जी, जी, जी। you, जी, जी। जी, है सर जी सर नमस्कार सर ये ना इसके अंदर जो आपने जो ऊपर वाला फॉरवर्ड और बैकवर्ड के पीछे व्हाइट सा जो इसमें दिखार का साइन था सा, ये इसमें मैंने डाउनलोड किया इसमें है नहीं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 हाँ जी हाँ। आपके में नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा लिखा होगा ठीक है थीक क्योंकि थीक मैंने अभी लेटेस्ट आया उसमें बहुत सारे फंक्शन एड भी लेकिन अभी वो परफेक्टली काम नहीं कर रहा तो इसीलिए उससे पहले वाला वर्जन हम अभी यूज कर रहे हैं ठीक है जी ठीक है एक चैट में मैसेज आया हुआ था वेलकम सर ऑप्शन बोला गया जैसे में सेम वही काम करते हैं इसके आप कंट्रोल uh, प्लस जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा देखिए मैं करके दिखाता हूँ आप मोवमेंट जो है वो चेक कर पा रहे होंगे ये देखिए बिल्कुल वर्ड वाला है कंट्रोल प्लस में जेड जी चलिए आगे चलते हैं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 ये ये आप आप जब जब तक तक तक कर सकते हैं, जब तक आप इसको close नहीं करते, तब तक undo ये काम करता रहेगा। लेकिन जब काफी सारी सारी हम कर कर देते हैं, तो तो फिर undo आप बचें उस undo से, क्योंकि पिछली आपकी सारी को खराब देगा वो। तो कोशिश करें, एक पार्ट आपने एडिट कर लिया तो उसी को पहले एक बार फाइनलाइज करके देख लें, फिर उसके बाद अगले पार्ट पे बढ़े चलिए अगले फंक्शन पे चलता हूँ अब मैं आपको इमेज एड करनी सिखाता हूँ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 रन करके अब इमेज आपको दिख रही है ऐड हो गई है अब देखिए शुरू में ऐसे वीडियो चलेगी आपकी जो तो मैं इमेज दिखाई देगी इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं मैं करके दिखाता हूं अभी अब देखिएगा इफेक्ट अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं फिर से दिखाता हूं इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस इफेक्ट को इतना बड़ा करता हूँ फिर दिखाता हूँ देखिएगा देखा आपने उसकी विजिबिलिटी को कम कर दिया और हमारी वीडियो की विजिबिलिटी को उसने बढ़ा दिया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 तो वही तीन चार तरीके हैं हमारे पास में कटिंग वाला तो सेम है आप राइट क्लिक करके स्लाइस करके कर सकते हैं कि बोर्ड साइड रखना चाहे बोर्ड साइड लेफ्ट रखना चाहे लेफ्ट राइट रखना चाहे राइट नहीं तो इमेज के लिए तो यहां वाला कॉर्नर पकड़ के भी इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं ये देखिए जितना करना चाहें उतना कर लीजिए नॉर्मली जब आप एस सी के लिए ई कॉन्टेंट की वीडियो तैयार करेंगे तो आप पांच से छह सेकेंड की इस इमेज को रखिएगा स्टार्टिंग में उसके साथ में हम इसको वीडियो को इसको अटैच कर देंगे फिर इस वीडियो को अटैच कर देंगे आप चलाकर देख लेते हैं इसको शुरू में पांच सेकेंड इमेज चलेगी उसके बाद में हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब थोड़ा सा ओडेसिटी वाला मैं आपको बताता हूं जहां हमने अपनी वॉइस को एडिट किया था अब वो वाली वॉइस मुझे यहां पर एड करनी है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 तो अब ये इसके अंदर ऐड हो गया अभी साउंड तो खैर आप नहीं सुन पाएंगे लेकिन फिर भी मैं एक बार रन कर देता हूं वो इस प्रकार से हम इसमें एड कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे अब क्या था वो कि मान लीजिए आपके वीडियो में साउंड ज्यादा है मतलब थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि हम हेडफोन लगा के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 अब वॉल्यूम कम ज्यादा करना है तो यहाँ देखिए लेवल 100% करना है अगर वॉल्यूम कम है आपका उस वीडियो में तो आप यहाँ से लेवल 100% कीजिए पहले रीसेट कीजिएगा फिर सुनिएगा अगर बाय डिफॉल्ट आपको फिर भी कम लगती है तो यहाँ से लेवल आप इम्प्रूव कर सकते हैं मान लीजिए कम करना है लेवल तो आप डाउन में चली जाइए ज्यादा करना है तो आप अप में चले जाइए डिफॉल्ट नियर टू सेवेंटी सिक्सटी इसका वॉल्यूम रहता है मैंने कई बार इसको टेस्ट किया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 तो यहां से इस वाले हिस्से को कट करूंगा लेकिन साउंड एज इट इज चलती रहेगी जैसे साइंस वाले अध्यापक हैं या मैं कॉमर्स वाला हूँ और बच्चों को मैंने कहा कि बहुत सारे जो प्लास्टिक मनी होती है जैसे की डेबिट कार्ड जैसे ही मैं बोलूंगा डेबिट कार्ड तो बच्चों को स्क्रीन पर डेबिट कार्ड नजर आ जाएगा जैसे कि क्रेडिट कार्ड तो जैसे ही मैं बोलूंगा क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिकली वीडियो में ऑटोमेटिकली तो नहीं एडिट हम करेंगे तो वो डेबिट कार्ड नजर आएगा देखिए मैं आपको करके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 यहाँ आप सीजर का यूज कर सकते हैं रेजर टूल का यहाँ मार्कर लगा सकते हैं आप जो भी आपको पसंद आए मैं थोड़ा सा उससे ज्यादा आगे वाली चीज़ आपको सिखा देता हूँ आपको एड करना है आप, राइट क्लिक पे कीप बोथ पे कर आप अब यहां से दो हिस्से हो गए और एग्जाम्पल मान लो यहीं से शुरू हुआ है जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज मान लीजिए मैंने बोला जैसे कि यहाँ पर मैंने रोका इसको जैसे कि अब मैं बोल रहा environment change. तो मान लीजिए आगे खत्म हुआ चेंज तो मैं फिर से इसको कट करता हूँ सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा स्लाइस करता हूँ अब करता हूँ मैं कीप राइट साइड जो राइट right साइड वाला हिस्सा है वो मुझे रखना है बिटवीन वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा अब देखिये यहाँ बीच में गैप हो गया अब ऑडियो में गैप नहीं हुआ है आप ट्रैक नंबर फोर में देखिए पूरी की पूरी ऑडियो फाइल इकट्ठी है, है लेकिन वहां से वो पिक्चर खत्म हो गई मैं एक बार रन करके दिखाता हूं यहां हमारी वीडियो चल रही है यहां आके ब्लैंक आ गया यहां आके फिर से वीडियो आ गई मेरी तो यहां अब मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ मैंने इन्वायरमेंट चेंज का किया तो मैं इन्वायरमेंट चेंज ही ऐड कर देता हूँ यहाँ मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी इन्वायरमेंट चेंज की उसी को ऐड कर लेते हैं ये वाली आप ऐसे ट्रैक कर सकते हैं अपनी पिक्चर को किसी भी पिक्चर को या फिर प्लस वाले निशान से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए अब ये इन्वायरमेंट चेंज वाली पिक्चर मैं पकड़ता हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया है कि बिना ट्रैक में ऐड किए ये काम नहीं करेगा तो मैं इसको लेके आता हूँ जहां मैंने इसको एड करना है वहां कीजिए अब आप, आप अगर आपका मैग्नेटिक वाला होगा तो यहाँ इसको पकड़ लेगा ये देखिए यहां पकड़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 कंट्रोल प्लस जेड से अंडू हो रहा है, फेड फेड इन आउट भी साथ साथ के इसमें दिखाता हूं देखिए फेड फेड इन आउट स्टार्टिंग की उसमें करना है एंटायर क्लिप में करना है सॉरी हाँ, एंड में करना है एंटायर पे करना है तो मैं आपको स्टार्टिंग वाला करके दिखाता हूं, फेड इन स्लो देखते हैं इफेक्ट लग पाया या नहीं बिल्कुल अच्छे से काम किया इसने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 क्योंकि सभी के सभी तो आप जब करेंगे तभी आप लोगों को में में तभीट क्लिक करके जाते हैं, आ, एनिमेट में जाते हैं, में जाते हैं अब जूम के अलावा जूम में तो आ गया फिफ्टी टू हंड्रेड परसेंट सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड रिवर्स में भी कर सकते हैं हंड्रेड टू वन फिफ्टी आपको दिखाता हूँ बीच में एक करें। एक है, सर। मैं अंडू कर रहा हूँ अभी ताकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले उसमें आ जाए ये देखिए आप इमेज जिसका भी साइज आप कम करना चाहते हैं वीडियो का भी कर सकते हैं इमेज को सिलेक्ट कीजिए राइट क्लिक कीजिए लेआउट में जाइए और देखिए लेआउट में देखिये ले आउट में ऑप्शन आप वन फोर्थ साइज कर सकते हैं इसका, सेंटर सेंटर में में करना आप कर लीजिए। टॉप में करना चाहें टॉप में कर लीजिए मतलब क्या हुआ ओपन शोट ने बहुत सोची समझी ऐसी मोडिफिकेशन एड कर रखी है जिनका हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा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 अगर कोई साथी चाहे तो बता भी सकते हैं ये मैंने इसके साथ में वीडियो कर ली ये इसके साथ में इमेज एड कर ली ये इसके विडियो इसके साथ चिपका दी ये मैंने इसके साथ में चिपका दी अब कुछ इफेक्ट में आपको दिखाता हूँ आप यहां पर जो ये ब्लैक कलर का सर्पेस है आप यहां पर राइट क्लिक कर सकते हैं और हम जाएंगे ट्रांजैक्शंस के अंदर यहाँ टिक कीजिए आप देखिए यहां पर कुछ ट्रांजेक्शन एड हो गई हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और दिखाता हूं ये देखिए सर्कल इन टू आउट सर्कल आउट टू इन फेड ये बहुत सारे जो हैं वो ट्रांजेक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं मैं एक तो आपको लगा के दिखाता हूँ आप ये सभी यूज कर सकते हैं ये देखिए कितने सारे हैं इसके अंदर मोर देन हंड्रेड हैं ये इफ़ेक्ट्स मैं कोई दो आपको लगा के दिखाता हूँ आप सभी के सभी ट्राई कीजिएगा फिर उसके बाद में क्या इसका जो है इफेक्ट हमारी वीडियो पे हमारी एडिटिंग पे बढ़ता है मान लीजिए मैं लगाता हूँ ये वाला बार रिम्पल इलेवन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 इस वाली वीडियो में भी कैसे नाम जो है वो नीचे चल रहा है तो आप भी ऐसे वीडियो के नीचे अपना नाम चला सकते हैं कुलदीप बिरियाल पीजी कॉमर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर से सेकेंडरी स्कूल ऐसे जैसे न्यूज क्लिप जो है वो चलती रहती है हमने न्यूज चैनल में देखा है हम उसको भी कर सकते हैं मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से करना आ जाए हम क्या करते हैं टाइटल में ही जाते हैं और टाइटल ले लेते हैं हम अब अब नीचे वाली वाली लाइन बार मुझे चाहिए सेंटर करना वन में इसको चेंज कर लेते हैं ठीक है मान लीजिए मैंने अपना नाम शो करना है और टेक्स्ट का कलर में चेंज कर लेता हूँ ब्लू कर लेता हूँ इसका Okay. लंका और छोटा कर सकता हूँ छोटा कर लेता हूँ इसकी ट्रांजेक्शन इफेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ देखिये अब छोटा हो गया पहले मैं आपको दिखाता हूँ कीता है फिर उसमें थोड़ा सा ट्रांजेक्शन हम लगाते हैं आपने देखा ना कैसे नाम आया और फिर उसके बाद अपने-अपने चला गया। अब इसको हम जो है वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वैसे मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मैं फिर से करता हूँ आप इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए राइट क्लिक कर रोटेट में जाइए नहीं सॉरी रोटेट में नहीं एनिमेट में जाइएगा रोटेट में तो ऊपर नीचे नाइनटी डिग्री एटी डिग्री पे करता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 अब यहां लास्ट में एक ये बना हुआ, है, एक ये बना हुआ है। जो आप लेना चाहे वो ले लीजिए मान लीजिए ले ये ले ले लेते हैं अब हमें पहला फाइल नेम हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं हमारे किसी काम का नहीं है सेकेंड लाइन में पढ़िए दिस वीडियो फीचर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 तो एक बार ये क्रिएटिव कॉमेंट करते हैं फिर उसके बाद मैं मैं टेक्सट ऐड करता हूं फिर इसको वाइंड अप करते हैं तो अब टाइटल यहां हम अपना डाल देंगे जो हमारा जिस पे वीडियो है बिजनेस रिस्क यहां का नाम लिख देंगे किसने बनाया है इसने इसको लाइन में वेबसाइट का लिंक मांगता है हमारी कोई वेबसाइट होगी तो तो हम हम डाल देंगे नहीं इसको तो इसको हटा देते हैं अवेलेबल अंडर इसको रहने दीजिए क्रिएटिव क्रिएटिव कॉमन कॉमन लाइसेंस लाइसेंस का का का हमने पूरा का पूरा वो पढ़ा था टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहे तो बैकग्राउंड कर सकते हैं दिखाता हूँ आपको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 जैसे कि पर्सनल फाइनेंस जैसे कि डिबेंचर जैसे कि शेयर तो जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे कि ये जैसे कि वो तो एक छोटा सा अगर वर्ड की फॉर्म में भी आ जाए तो वो भी अट्रैक्ट लगता है मैं एक करके दिखा देता हूँ फिर उसके बाद में इसको करते आइटल में जाता हूँ फिर से टाइटल पे टिक करता हूँ तो ये देखिए ये क्लाउड वाला है ये बड़ा अच्छा लगता है वर्ड को दिखाने के लिए तीन वर्ड आपको दिखाने है, तो यहाँ पर थ्री वर्ड जो है वो इकट्ठे दिखाई जा सकते हैं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 ये आ गया हमारा इसको आप मान लीजिए यहां दिखाना चाहते हैं आप आप दिखा के इसको छोड़ छोड़ दीजिए। करता है, आप इसको करके कर सकते सकते हैं। हैं। छोड़ना चाहें तो छोड़ देखिए, अब कैसे आएगा? अब ये एकदम से ना आए तो आपको पता है कि क्या करना है राइट क्लिक करें फेड में जाएं, एंड टायर क्लिप जाएं, फेड इन फेड आउट स्लो कीजिए और चला के देखें जी, जी, नरेंद्र मेरी तरफ से तो इतना ही है। नहीं, एक एक क्वेरी आ गई हम कहीं से भी टेक्स्ट तो पेस्ट कर सकते हैं लेकिन हमें उसको इफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब यहाँ काम करेगा का, जैसे मैंने ये बैंक वाला किया आप जितने भी वर्ड दिखाना चाहे आप टाइटल में जाके और यहाँ से ये ट्रांजैक्शन चूज कर सकते हैं तभी वो वर्ड यहाँ पर दिखाई देगा अदरवाइज नहीं दिखाई देगा yes. ठीक है। तो ओपन शॉट में हालांकि बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल हैं लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ई कंटेंट क्रिएट करते समय आपको कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जो बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपकी वीडियो को बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव बना सकती है वो मैंने लगभग सारी की सारी इंक्लूड की है फिर भी अगर कोई रह जाती है तो जो क्वैरी डे हमारा रहेगा मैं उसमें कुछ ना कुछ ले लूँगा उसको